Yo, guys, a... तो तो तो आज हम जा रहे हैं इस बिल्डिंग के अंदर तो चलिए और हमें आते ही मुझे नौकरी दिया गया है दो, दो बार ठीक है तो फिर भी हम आ चुके हैं रिकॉर्ड होके वापस तो हम आ जा रहे हैं बिल्डिंग के उपर, के ऊपर ऊपर रहते ही बंदी को मारेंगे बट बट बट कोई भी बंदे को मुझे इधर से ऊपर से नहीं दिखा तो मैंने किया कि इधर से नीचे चला गया तो नीचे जाने के बाद मैं मेरी भाई भी है ब्लडिंग कर रहा था और कभी जो है ना चुप तो, तो गया जो इधर दिन मैं निकल ही रहा था तो मेरा हेल्थ बहुत डायन हो गया था तो मैंने क्या किया कि हेल्थ ले लिया तो अभी मैं जा रहा था और इधर से रास्ते से जा रहा मुझे पता था इस घर में कोई बंदा तो होगा तो हो और बंदा रास्ते तो से जा रहा था और मैंने उधर ढीला तो बस तो मार दिया। तो मारने के बाद मेरे और तीन में लेके चलेंगे एक कार ढके। अभी देखिए कैसे नंबर वन इसके ऊपर उतरता है कार के ऊपर। तो एन्जॉय कीजिए। तो नंबर वन को तो चढ़ चल गया। चलिए। चलो चल भाई बाबा भाई, भाई, भाई। अभी तो नंबर वन जा रहा है। और रास्ते में ना भाई ऐसे साथ नहीं था आपको तो उसकी के के जा रहा था और तभी नंबर टू तो को सफलता है कि इधर पे कोई ना कोई बंदा लेटा हुआ है तो वो कार घुमा के फिर से उधर से जा रहा था सिर्फ देखिए भाई कैसे कैसे बंदे रहते हैं भाई तो साबन में फिर जाए भाई तो हम बेचते तो हम इधर से निकल गए जोन टोर से और हम जा रहे थे स्टेशन के पास घर में और इधर में था दो तीन बंदा तो एक बंदे को तो हमारे टीम में मार देता है और और एक बंदा हमारा नंबर वन को मार देता है तो उसके बाद मार देगा तो मार देता है वो नॉक कर देता है तो नॉक करने के बाद वो फिर से डिफॉल्ट होकर आ जाता है तो के के है तो तो तो नंबर नंबर के के के मारने बाद बाद मैं मैं सिर्फ रहा बंदा है है है किधर मुझे दिखाई नहीं दिया तो वो को भी नॉक नॉक कर देता है। करने के तो मैं तो बहुत गंभीर सोच में चला गया कि किधर गया बंदा बेटा फटके फ्लावर हो चुका था तो मैंने क्या क्या घर के अंदर घुस गया और सबसे बड़ी गलती करती घर गर के अंदर घुस के हेल्थ मारने के समय नंबर वन तो पीछे से कुछ कर ले लेता तो तो हो तुम कर सकते हो ये भी मर गया भाई तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं किसी और वीडियो पे लिए थैंक्स फॉर वाचिंग बाय